थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आज आप सभी से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आज आप सभी के कारण मैंने हंड्रेड वीडियो कम्प्लीट कर दिए हैं हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए कहीं ना कहीं आप सभी का योगदान बहुत ज्यादा रहा है आप यदि हमारे वीडियो को पसंद नहीं करते कहीं ना कहीं हम इस तरह मोटिवेट भी नहीं होते और वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं रख पाते और आप ही के कारण हमारे मोटिवेशनल चैनल में हम निरंतर कंटेंट डालते रहे हैं और आप सबके ही सहयोग से हम आगे भी कुछ नई नई बातें कुछ नए संदेश अपने नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल में डालते रहेंगे इसी तरह आप हमारा साथ देते रहना आपका अनमोल समय जो आप हमारे नेवस्टॉप बिलीविंग चैनल के वीडियो को सुनने में लगाते हैं उसके लिए वंस अगेन थैंक्स जय श्री गणेश